यूज ऑफ गो टू स्टेटमेंट क्या यूज होता है गो टू स्टेटमेंट इसी लैंग्वेज में देखते हैं हम लोग गो टू अटेटमेंट इज यूज टू ट्रांसफर द प्रोग्राम कंट्रोल टू ए पार्ट प्री डिफाइन लेवल कुछ प्रोग्राम ट्रांसफर करता है प्री डिफाइन लेवल के अनुसार इट कैन ऑल्सो बी यूज टू ब्रेक द मल्टीपल रूप ब्रेक मल्टीपल रूप में यूज किया जाता है इसका द गो टू अस्टेटमेंट कैन बी यूज पार्ट ऑफ द कोड कुछ पार्ट रिपीट किया जाता है फॉर पार्टिकुलर कंडीशन कुछ कंडीशन के लिए सिंटेक्स लेबल पार्ट ऑफ कोड गो टू लेबल्स फॉर एग्जाम्पल आंकलूड लिंक सेक्शन इंट मेन्स इनफंक्शन एनसलाइज कर दिए आई नंबर को स्कैन अप कर दिए जो यूजर से ले रखे हम लोग लेते हैं लेबल यहाँ पर लगा दिए उसके बाद कुछ प्रोग्राम एग्जीक्यूट करा रहे हैं सो इंक्रीज कर रहे हैं इफ़ कंडीशन टेन तक जाए गो टू लेवल हो गया आउटपुट कुछ इस प्रकार का आएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें